स्वागत से करेंगे सबका स्वागत सो हेलो स्वागत है का और एक न्यू वीडियो में तो गैस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आज निकालने वाले हैं हम सारे न्यू इवेंट ये बॉडी रह गया था भाई सब कटाना का भी स्किन है यहाँ पर ये भी निकालेंगे और बाकी सारे रिवॉर्ड भी निकालेंगे बहुत ही सारे इवेंट है तो वो कर लिया हम क्लेम कर लेते हैं यार वीडियो को लाइक कर देना देन तो देखते हैं वो क्या क्या है सब देखेंगे न्यू इवेंट आने वाला है वो भी मैं इसी वीडियो में मैं जोड़ने वाला हूँ ये मत बोलना कि भाई ऐसा वीडियो बनाता है वैसा वीडियो बनाता है हाइपर बुक का टॉपअप इवेंट आने वाला है उसको भी इसी में जोड़ लूंगा मेरे को तो एक चाहिए लगा है, आ, ये रहा। है, बाकी कुछ भी नहीं निकालूंगा पर, पर कुछ निकलता ही कुछ भी नहीं दे रहा यहाँ तो स्पिन करना बेकार है यार मेरे को जेंट्स बंडल निकालना है लेडीज नहीं जमता बेकार टता हूँ इमोट निकालना है कैबिन है मेरे पास इनकोटर बाइक मिले सौ डायमंड मिले आप 50 का टॉपअप करने पे पचास रुपये का तुम भी कर सकते हो मर्जी तुम्हारी ज़्यादा मतलब इतना महंगा नहीं है सौ डायमंड 50 में मिल रहे हैं तीन फ्रेगनेट मिल रहे हैं इनकुवेटर के चलिए मोटोटे इमोट, इमोट ही निकलना भाई मिल गया मेरे को बहुत ही ओपी लगता है भाई तुम बोलना कैसा लगा वैसे तो पहले आया था ये नोट पार्टी में नया नया था जब आया था वो एक चक्कर खा जाता है भाई मज़ा आता है मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा इस नोट को देखने में और एक कब करेंगे और दूसरा जो है ये इवेंट है बुक का है और इसी वीडियो को मैंने इसी में जोड़ दिया है मतलब पिछला इस इसलिए इवेंट भी उठाया ये टॉप तो और इवेंट भी उठा लिया चलो तो करते हैं गन स्क्रीन ये गन वाला इमेज ऐसा है जाए ऐसा ही लग रहा है मेरे को मैंने बुक में जाके चेक नहीं किया है अभी देखें और बैनर भी है चलते हैं, निकालेंगे कुछ और मिस्ट्री का भी लास्ट दिन है तो मैं कुछ निकालना है तो निकाल लेना चलिए देखते हैं। UMP, सॉरी MP5, गलती से निकल गया इसको भी खोलेंगे कभी चार ही दिन बताया खोला था फिर कब खोलेंगे चलो ये भी मिल गया दो लेवल तो इसका भी आराम से हो जाएगा बाकी तुम बताना गाई वीडियो कैसा लगा जरा सा भी मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना पहले नोटिफिकेशन को चेक कर लेना देखते हैं दो लेवल करके भाई दो तो हो जाना चाहिए वैसे तो दिखा रहा है जो हाँ तो। दो लेवल तो हो जाएगा आराम से लोग करते हैं इसमें भी कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहिए था तीन लेवल नहीं ये भी कोर्स तो बन चाहिए तीन डेवर के लिए सर्दी में यार जिद भी डॉ चलो देखते हैं क्या अब क्या रहेगी यार भाई एल्पर बुक का बैक पे भी जो भी मिलेगा एक तो फ्री में मिलेगा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए गया गया। तो इसको भी क्लेम कर लेता हूँ और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाना यार थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखा दो यार और ये कॉन्ग्रेचुलेशन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय